नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका गोसाल मक्खी चैनल पे तो आप लोग कैसे हो आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे बहुत ही जाड़े का मजा ले रहे होंगे तो ये गेम प्ले सब लोग देखें चाचा चाची देखें भैया भाऊ देखें सबके लिए है लेकिन अकेले मत देखिए क्योंकि इतना धमाकेदार एक गेम प्ले है कि अकेले देखोगे तो डर जाओगे और रात को सपने में आपके गौसाल मक्खी जाएगा तो इसलिए हम कहते हैं कि अकेले मत देखिए अपने अपने साथी संगी को बुला लीजिए साथ में देखिए और लाइक पहले मत करिए जब मैं कहूँगा तभी आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए जब आपको मज़ा आ जाएगा हमको पता है आपको मज़ा कब आएगा तो मैं लैंड कर चुका हूँ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में और एक जो एनिमी बंदे को मैं नॉक भी कर चुका हूँ और दूसरे पर मैं फायरिंग कर रहा हूँ तो मेरे साथ आज खेल रहे हैं किलचोर फिर से कोई स्क्वाड और था नहीं मेरे सब ऑफलाइन थे किलचोर ही फ्री मिलता है जो उसके साथ खेलते हैं लेकिन अब थोड़ा प्रो हो गया है और देखिए मैंने इस बंदे को भी नॉक कर दिया है लेकिन किलचोर ने किल फिर से चुरा लिया मतलब अपना काम चालू कर दिया है किलचोर ने किल चुराने वाला तो जो मेरा स्क्वाड है जो एक्चुअली में मेरा जो इस्वाड है वो है किलचोर का और किला रासू का और एक गार्ड भाई हैं उदयपुर के उनका वो आज कह रहे थे मेरे साथ आप क्यों नहीं खेलते हो तो मैंने कहा उनके साथ मैं आपके साथ कल ही खेलूँगा तो मैं उनके साथ कल खेलूँगा बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छा भी खेलते भी हैं प्रो प्लेयर हैं वो भी तो मैंने जो है एक दुश्मन को अपने मार दिया है लेकिन किसी ने हमारे जो फ्रेंड हैं हमारे टीम मेट हैं किलचोर वो किल चुराने चक्कर में आगे आगे कूद रहे थे तो उन्हीं को किसी ने पेल दिया है अब हम यहाँ से नहीं फाइट लेंगे अब फाइट लेंगे हम जा करके उसके मुंह पर तो मैं सीधा रस कर देता हूँ और भाई जब मैं कहूँगा तो अब लाइक ज़रूर करिएगा देखिए दो बंदे हैं और दोनों को मैंने पेल पाल के रामपाल बना दिया है अब आप लोगों का मन नहीं माना होगा और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा और वीडियो को लाइक कर दिया होगा क्योंकि बिना हेलमेट बिना बेस्ट के मैंने जो है टाउमी कुत्ता गंज से दोनों को ही पेल पाल के रामपाल मार दिया है तो आप लोगों को ये बहुत ही अच्छा लगा होगा कि कितना आपका भाई प्रो प्लेयर वाला गेम दिखा रहा है क्योंकि दोनों बंदों को हमने पेल दिया है तो अब थोड़ा मेडिकल वगैरह या अपनी जो प्रोटेक्शन है बेस्ट वगैरह लूट लाट के अब देखो मैं अपनी कार में बैठ लेता हूँ कि जो लूटने में व्यस्त होगा हाँ नहीं आ रहा है आज बढ़िया काम कर रहा है थोड़ा धीरे धीरे प्रो हो रहा है यदि आप लोगों को भी हमारे साथ खेलना है तो हमारी आईडी गोसाल मक्खी YT है चैनल भी इसी नाम से है गोसाल मक्खी आप लोग सर्च कर लीजिए कमेंट बॉक्स में अपनी आईडी लिखिएगा हम उस पर रिक्वेस्ट भेज देंगे फिर साथ में हमारे आप खेल सकते हो और पहले हमारा जो चैनल था वो थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा था तो वीडियो नहीं बन पा रहे थे जिससे थोड़ा चैनल ग्रो नहीं हुआ लेकिन अब हमारा चैनल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ग्रो हो रहा है आप लोगों का प्यार है बनाए रखिए बहुत ही जल्दी हम अपने चैनल पर एक लाख सब्सक्राइबर कर लेंगे जो आप लोग चाहेंगे तब तो देखिए सामने जो घर है उसमें एनिमी दो हैं पूरा एक स्क्वाड इस घर में है और हमारे लेफ्ट साइड में भी एक स्क्वाड है तो देखिए नागिन बन के मारने में कितना मज़ा आता है लेकिन नागिन तो वही बनते हैं जो लोभ होते हैं मैं तो प्रो खिलाड़ा हूँ तो मैं नागिन नहीं बनूँगा बस किल चेक कर रहा था कि नागिन बनने में कितना मज़ा आता है तो मैंने मारा तो मज़ा तो नहीं आया मुझको क्योंकि मैं तो रसिंग गेम प्ले खेलता हूँ लेकिन किचोर को नागिन बनने में बहुत मज़ा आता है तो सामने बंदे हैं उनको हमको फेलना है लेकिन दोनों तरफ से फायरिंग आ रही हम सोच रहे हैं कि एक तरफ से एक तरफ की जो टीम है वो फिनिश हो फिर देखा जाए तो मैं हल्का फुल्का डैमेज देता हूँ खिलचोर हमारा जो है वो कुछ नहीं कर पा रहा है जिसकी वजह से हमको प्रॉब्लम हो रही है मैं चाहता हूँ कि वो जो है एक टीम को संभाल ले तो मैं दूसरे को पेलपाल के रामपाल बना देता हूँ तो मैंने एक को तो पेलपाल के रामपाल बना दिया है और ये जो छत प्रबंधा है ये बहुत ही शास्त्री खिलाड़ी है वो समझ रहा है कि वो साल मक्खी को देगा लेकिन इसको ये पता नहीं है कि ये अब यहाँ के जितने लोग हैं सब गोसाल मक्खी के हाथों तो मरने वाले हैं तो मैंने किल किए हैं टोटल पाँच और एक डैमेज पड़ा है एक नॉक भी पड़ा है लेकिन उसके साथ साथ हमारे फ्रेंड जो टीम मेट हैं किल चोर एक बार फिर से नॉक हो गए हैं अब आप लोग देख सकते हो कितना नॉक होता है लेकिन किस लिए केवल दो चीज़ों के लिए एक तो ये किल चुराने के चक्कर में नाक होता है दूसरा है ये लूटमार लूटता बहुत है गब्बर का आदमी है लगता है सोलह पिक्चर इसने देखी है बहुत ही लूट मार करता है देखो अब मैं प्ले जोन से ना कुआ इसमें एनमी ने किसी ने हमको कोई डैमेज नहीं दिया है मैं प्ले जोन से ना कुआ हूँ लेकिन अब एक कुलचोर लगता है और मैं बचा नहीं पाएगा तो देखो कहाँ चला गया नो भी जैसा खेल रहा है और उसकी फाइट हो रही है अरे लेकिन उसको मार दिया है क्योंकि उसके पास किलचोर ने यू चलाई थी और यूज आई से जो है एम सही हो जाए तो एनिमी का मरना पक्का है तो किशोर ने कुछ तो अच्छा काम किया कि यहाँ पर एक एनिमी को मारकर मुझे रिवाइव कर दिया अब आपका भाई बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है अब बहुत बुरा मारने वाला है सब लोग आपस में लिपट के बैठे नहीं तो गोली बाहर निकल आए कहीं लग जाएगी आपके तो आपस में चिपक कर बैठी है जो लोग दो दो लोग देख रहे हैं अब देखिए ये इनमें आ गया है इसके पास यश ट्वेल्व के हैं लेकिन आपका भाई गुस्से में अब इस समय चाहिए आर हो चाहे जो हो गन, छोड़ेगा किसी को नहीं देखो मैंने इसको तुरंत ही पेल दिया है जबकि इसके पास यश ट्वेल्व की थी सामने भी एक बंदा और है उसको भी मारना है तो पहले हम थोड़ा इसनो बना लेते हैं क्योंकि कवर भी होना ज़रूरी है बिना कवर के कुछ नहीं होगा तो कबर हम बना लेते हैं कोई भी प्रो खिलाड़ी हो या खिलाड़ा हो कबर होना बहुत ज़रूरी है तो सही वक्त पर सही चाल यही तो जंग का वसूल है अपनी तो मैं कबर बना लेता हूँ कबर बन जाएगा उसके बाद इसके ऊपर मैं अटैक करता हूँ तो देखो मैंने इसने बाल फेंक दी है और एक बढ़िया सुंदर सा अच्छा सा मुर्गा बनकर तैयार हो गया है और डही देख लीजिए मेरी मेरी हेल्थ आप देखिए कितनी ज़्यादा है अरे एक गोली जो मुर्गे के पास से निकल जाती तब मैं ना खो जाता लेकिन तब मैंने अपनी देखिए कितना करेक्ट एम अब आप लोग जरूर जो लोग नहीं लाइक किए हैं सब्सक्राइब किए हैं वो इस स्किल पर तो पक्का ही सब्सक्राइब कर दिए होंगे क्योंकि बिल्कुल बिना देर किए हुए जैसे मैं हेल्थ पूरी की तुरंत उसी पर एम चला गया इतना करेक्ट एम किसी का हो हो सकता है हो लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखा है देखो ये स्क्राइक से दौड़ के मजा ले रहे हैं जब लौट रहे इनको पता नहीं कि गोशाल मक्खी के लॉबी में कोई ड्राफ्ट नहीं लूट सकता है देखो मारे डर के ड्राफ्ट नहीं लूटा लौट गया है इसको पता था जब एक गोली पड़ी होगी तो ये जान गया होगा कि गोसाल मक्खी आ गया है तो ये लौट गया है लेकिन अब ये सोच रहा है कि बच जाएंगे, फिर से इस मोबाइल एक कवर बनाते हैं हम थोड़ा सा फिर इसको पेलते हैं कायदे से इसको पत, इसको पता चल गया है कि अब मैं बचूँगा नहीं तो ये सोच रहा है पहले गौसाल मक्खी को मार लिया जाए लेकिन ये गौसाल मक्खी का मारने चक्कर में खुद मर जाएगा लेकिन हमें एक गोली नहीं छुआ पाएगा तो देखो मेरे एक जो टीममेट मेट हैं उन्होंने यूज़ीराई से जो छत पर बंधा था उसको नॉक कर दिया है कुछ तो सहायता जरूर कर रहे हैं और इस को जिसको मैंने नॉक किया था उसको मैंने फेलपाल के रामपाल मना दिया है इस प्रकार से मेरे कुल किल हो गए हैं आठ तो आप लोगों को हम सब लोगों को सब लोग जानते हैं कि पबजी मोबाइल लाइफ में केवल साठ बंदे उतरते हैं और साठ में दस बारह या 8 दस मार लो तो अच्छा गेम प्ले माना जाता है तो मैंने देखिए ये जो गिली वाला था उसको मैंने पेल दिया है और ये यहाँ हमारे पास में था उसको मैंने पेल पाल के रामपाल बना दिया है तो इस प्रकार से कुल किल हुए मेरे नौ अभी इसको देखो फिनिश करेंगे तो हो जाएंगे 10 अब एक बंदा ऊपर है अब एक बंद देखो किल मेरे पूरे पूरे, पूरे दस हो गए हैं अभी बंदे बचे हैं टोटल चार जिसमें से दो हम लोग हैं दो एक स्क्वायड वो बचा है टू वर्सेस टू एक बार फिर से हो गया है तो इस जो नेटबाजी पर आप लोग जरूर लाइक करोगे क्योंकि देखिए ये इतना करेक्ट नेट था कि एक ही नेड में ये नॉक हो गया है इस नेटबाजी के लिए आप तो हमें लाइक और सब्सक्राइब दे ही दोगे अब आप तो आपका मन नहीं मानेगा कि कितनी अच्छी कितनी करेक्ट जो है नेटबाजी की है अब ये बंदा है लास्ट इसको मैंने पेल पाल के रामपाल बना दिया है और मेरा हो गया चिकन डिनर ये आप मेरी हीरोइन देखिए और उसके लिए गुलाबी दिल क्योंकि आज इसने बहुत ही मेहनत की है बहुत ही बंदों को मारा है कुल मिलाकर बारह बंदों को मारा है जिसमें से चार को किले चुर चुरा लिया है तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार